Hey नमस्कार आप लोगों का क्लासेस की प्यारे यूट्यूबल पर स्वागत है आज लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की लास्ट अध्याय की चुंबकीय तरंगो अब उनमें जितनी टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा है प्यारे बच्चों उस पे आधार पर जो आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों की आज हम चर्चा करने वाले प्यार बच्चों हम आपको बता दें आज हम विस्थापन धारा के टॉपिक पर न्यूमेरिकल की चर्चा करेंगे यानी आज का जो न्यूमेरिकल लड़ने वाला प्यार बच्चों विस्थापन धारा पे आधारित है तो आज हम उनका अध्ययन करेंगे प्यारे बच्चों तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए प्यारे बच्चों चलिए आज के लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं आपको सबसे पहला सवाल स्क्रीन पर इस समय दिखाई पड़ रहा होगा और चूंकि साथ साथ ता हम आपको बता दें कि ये क्वेश्चन यूपी बोर्ड के दो के सत्र में पूछा गया अर्थात सॉरी 2017 में पूछा गया 19 में नहीं पूछा गया ये प्रश्न 2017 में ये क्वेश्चन पूछा गया है अब सवाल आप पढ़ ही लिए होंगे अब सवाल आप पढ़ ही लिए होंगे हम पढ़ते हैं क्या कर रहा है प्रगामी विद्युत चुंबकीय तरंगे में चुंबकीय क्षेत्र का जो शिखर मान है वो दो गुड़े दस घाते बाइया आठ फिसला है प्यार बच्चों जब चुंबकीय क्षेत्र के शिखर मान की बात करता तो जैसे हम लोग धारा का शिखर मान आई नाट से व्यक्त करते थे वैसे चुंबकीय क्षेत्र के शिखर मान को बी नाट से व्यक्त करते हैं और बी नाट की वैल्यू कितनी दी गई है दो गुणे दस गाते माइनस आठ टैंसला दिया है साथ में कर रहा वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कीजिए मतलब ई नाट यानी इ नाट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है अब प्यारे बच्चो अब ये चीज आपको ज्ञात करनी है तो अब आप करेंगे क्या आप कैसे इसको हल करेंगे प्यारे बच्चों तो हमने विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिलक्षण पढ़ा था कि विद्युत क्षेत्र का शिखर मान और चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान का अनुपात जो होता है वो निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों के चाल के बराबर होता है क्या आपने ये फार्मूला नहीं पढ़ा प्यारे बच्चों पढ़ा है तो आज हम उसी से लगाएंगे प्यार बच्चों तो हमने पढ़ा भी या क्या हम जानते हैं कि जो C होता है वो E नॉट अपॉन B नॉट के अनुपात के बराबर होता है हमको ज्ञात क्या करना है E नॉट ज्ञात करना तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं E नॉट इक्वल टू आ जाएगा B नॉट इन टू सी नॉट की वैल्यू है दो गुणे दस घाते माइनस आठ का मान है तीन गुणे दस भैया बिरादर दोनों लोग हो गए इसलिए दोनों की हो गई बिदाई उदाई चले गए अपने घर फिर दो त्याई कितने हो गए इच्छा। तो नॉट की वैल्यू आ गई अब आप इनका विद्युत छेत्र की तीव्रता का मात्रक तो जानते होंगे ना कि नहीं जानते चलिए जाने दीजिए न्यूटन प्रति गुलाम होता है ये आगे आपके फर्स्ट क्वेश्चन का देख एक बार एंसर मैच करा लेते हैं क्या दो में जो पूछा गया प्रश्न है वो इस बार के यूपी बोर्ड वाले प्यारे बच्चे हल कर सकते हैं काफी लोगों ने हल कर लिया होगा आप लोगों ने बिल्कुल आपका यही आंसर आया, आया, हाँ, आया है हम लोगों ने न्यूटन प्रति गुलाम रखा है कोई दिक्कत नहीं ये भी माफ वो भी माफ रखे कोई दिक्कत नहीं है अब हम प्यारे बच्चों बात करेंगे सेकेंड प्रश्न का जो कि आपको इस समय स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा ये दो हजार सत्रह में भी पूछा गया परंतु अंतर यह है प्यारे बच्चों कि यह एक नंबर का था अब जो प्रश्न आपका है वो दो नंबर का है यानी दो मार्क आपको देखा जाएगा यूपी बोर्ड के 2017 में एग्जाम में पूछा गया चलो अब हम दूसरे प्रश्न की चर्चा करते हैं भैया आपको स्क्रीन पे दूसरा प्रश्न दिखाई पड़ रहा होगा क्या करा एक समतल वैद्य चुंब तरंग एक्स दिशा में गतिमान है दिशा में गतिमान है एक्स एच की दिशा में पहले बच्चों हमने जब ये बनाया था तो ये x माना था फिर उसके बाद y माना था फिर ये आपका जिड था तो जो तरंग है वो x दिशा में जा रहा है आगे सुनिए आकाश में किसी बिंदु पर इसकी चुंबकीय क्षेत्र अब आकाश मान सकते ये आकाश हो गया इसके किसी भी बिंदु पर जो चुंबकीय की तीव्रता है वो एक गुड़े दस गाते बी की वैल्यू है एक गुड़े दस घाते माइनस दिया प्यारे बच्चों इस जे कैप की वैल्यू है इसलिए हमने कैप लिखा वो वाई अक्ष को व्यक्त करता है जो के होता है वो जेड अक्ष को और आई जो है एक्स अक्ष को इस बात को ध्यान दीजिएगा यानी चुंबकी छेद की दिशा जो है <coughs> चुंबकीय की जो दिशा वो y अक्ष की तरफ है। इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र E का मान क्या होगा इस बात को आपको ध्यान रखना प्यारे बच्चों यानी जो चुंबकीय क्षेत्र B है एक गुड़े दस घाते माइनस आठ टिस्ला है और साथ में आपको समय देता हूँ बच्चों पांच सेकेंड में आप देखते हैं ये क्वेश्चन का जवाब कितने लोगों ने कितने लोगों ने कमेंट बॉक्स में दे लेते हैं उम्मीद है कि आप अच्छा सा रिप्लाई देंगे हो सकता है कि पांच सेकंड हो हो भी गया होगा पांच सेकंड दस सेकंड जो भी हो गया होगा हो गया चलिए अब हम बात करते हैं काफी लोगों ने लगा भी लिए होंगे प्यार बच्चों अब हम बात करते हैं आखिरकारा कि विद्युत क्षेत्र का जो शिखर मान क्या होगा तो हमारे पास ये वाला फार्मूला भी हमने इससे पहले वाले सवाल में देखा था सी इक्वल टू होता ई नॉट अपॉन बी नॉट अब आपसे ई नॉट पूछा है बच्चों तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ई नॉट बराबर हो जाएगा सी इन नॉट अब सी की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चों तीन दस गाते है नॉट की वैल्यू तो, तो इस प्रकार आपका पहला और दूसरा दोनों सवाल कंप्लीट होते हैं आप चावल शॉट ले सकते हो प्यारे बच्चों अब हम बात करेंगे प्रश्न नंबर तीन की तो भाई बात करेंगे अगले प्रश्न का अगला प्रश्न आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा ये भी 2017 के ही एग्जाम में पूछा गया है क्या करा एक समतल वैद्युत चुंबकीय तरंग के वैद्युत क्षेत्र का आयाम मतलब आयाम यानी शिखर नॉट ई नॉट आपको दिया गया कितना दिया है e नॉट की वैल्यू आपको दी गई है 120 सौ बीस न्यूटन E नॉट की वैल्यू है 120 न्यूटन प्रति बच्चों फिर उसके बाद क्या तथा आवृत्ति 50 मेगाहर्ट्ज़ है 50 मेगाहर्ट्ज़ तो मेगा को अगर हम हर्ट्ज़ में बदल दें तो अच्छी बात रहेगी प्यारे बच्चों या अगर आपको नहीं बदलने हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं बदलने हैं तो बदल दीजिए अब मेगा की जो बात होती है मेगा को केवल में बदलने के लिए प्यार बच्चों दस घाते छह क्या करते हैं गुना करते हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा तो इन्हें हम क्या कर देंगे आवृत्ति है तो पचास गुने मेगा को हटाने के लिए दस घाते छ का गुना कर देंगे ये एफ की वैल्यू आ गई आगे क्या कर रहा है ई तथा बी के लिए समीकरण प्राप्त किसे अर्थात ई और बी के लिए आपको समीकरण प्राप्त करने हैं इस बात को ध्यान दीजिएगा और ये प्रश्न आपको 2017 में पूछा गया है यदि हम बात करें प्यारे बच्चों ई विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण और चुंबकीय क्षेत्र के लिए समीकरण यदि हम बात करें समीकरण क्या होता है चुंबकी क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र तो के लिए, लिए समीकरण क्या होता है और चुंबकी क्षेत्र के लिए समीकरण क्या होता है तो भाई विद्युत क्षेत्र के लिए जो समीकरण होता है विद्युत क्षेत्र के लिए जो समीकरण होता है प्यार बच्चों वो क्या है समीकरण है e इक्वल टू ई नॉट साइन उमेगा टी माइनस के ये होता है और अगर हम बात करें b के लिए तो b के लिए भी वही होगा बी नॉट साइन उमेगा टी माइनस के यही होता है b के लिए भी और e के लिए भी अब हमको इनमें से जरूरत किसकी पड़ने वाली है जैसे कि E नॉट की जरूरत पड़ेगी फिर ओमेगा की जरूरत पड़ती है फिर उसके बाद आपको के की जरूरत पड़ने वाली देख रहे हैं तो आइए हम सबको निकालते हैं सबसे पहले यदि यहां पर E इन दिया है, E नॉट के माध्यम से हम B नॉट ज्ञात कर सकते हैं तो B नॉट ज्ञात करते हैं अब हम ज्ञात करेंगे पहले चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान क्या पहले बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान अब जो चुंबकीय क्षेत्र का शिखर मान होता है अगर हम उसकी चर्चा करें तो वो कितना है देख रहे हैं अब आपको नहीं पता है वैल्यू e e कितनी है एक सौ बीस और सी की वैल्यू है तीन गुणे दस घाते आठ चलिए कटा दीजिए चालीस आ जाएगा ये चीज ऊपर चला जाएगा तो चालीस गुण दस घाते माइनस आठ ये बी नॉट की वैल्यू मिल गई ये आपको b नॉट की वैल्यू मिल गई क्या इतनी बात क्लियर हो रही होंगे बिल्कुल अब आपको क्या करना है उस बात को ध्यान देना है अब आपको उमेगा की जरूरत पड़ने वाली है क्योंकि उमेगा उमेगा वहां पर भी है तो अब हम लिखेंगे उमेगा उमेगा होती है, है आप, हो वेग, हो वेग। तो उमेगा की व्यंजक हम जानते हैं उमेगा इक्वल टू होता टू पाई एफ ये हमने पिछले वाले चैप्टर में भी पढ़ा उठ अब टू पाई की वैल्यू तीन दशमलव एक चार और येल्यू है पचास गुणे दस घाते अब ये पॉइंट हम हटाएंगे तो यहां से डबल जीरो लग जाएगा और दो यहां से पावर कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा पचास दुनी सौ और सौ गुणे तीन सौ चौदह अब वहां दस घाते चार है चार और ये पावर दो मिलके के हो गए तो तीन सौ के पावर क्या हो गए अब उमेगा की आ गई प्यारे बच्चों यदि आप यहाँ पर छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं अगर नहीं तो पॉइंट को दो अंक आगे ले आइएगा एक दो जब दसमलव को आप दो अंक आगे लेके आएंगे तो तीन दसमलव एक चार ये दस के पावर छह प्लस हो जाएगा तीन दसमलव दस क्या हो जाएगा आठ दस घाटे आठ रेडियन प्रति सेकेंड ठीक रेडियन प्रति सेकेंड ये उमेगा की वैल्यू आ गई अभी भी आपको यहां पर के की जरूरत है तो के इक्वल टू क्या होता उस बात को आप ध्यान दीजिएगा अब हम आपको बता देते हैं प्यारे बच्चों कि के के बराबर फार्मूला क्या होता है के इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों ओमेगा अपॉन सी इक्वल टू होता है अपान सी। अब कितना है ओमेगा ओमेगा अब कितना देख रहे हैं तीन दस एक चार गुड़े दस घाते आठ ये कटा दिए भाग देंगे तो तीन का तीन फिर दसमलव लगाएं फिर आगे एक है प्यार बच्चों जीरो उतारेंगे फिर उसके बाद भाग देंगे तो लगभग का नौ तीन चौक के बाद यानी एक दशमलव जीरो चार मीटर इनवर्स आएगा ठीक ये आएगा प्यारे दशमलव जीरो चार मीटर इनवर्स चलिए अब आइए हम समीकरण ज्ञात करते हैं जो जो हमको ज्ञात करना है तो अगर हम बात करें विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण किसकी बात करें विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण विद्युत क्षेत्र के लिए जो समीकरण होने वाला वो क्या ई है ठीक की e वैल्यू अभी आपने दिया ही है आपको देख सकते हैं 120 है फिर साइन है फिर वैल्यूमलव एक चार तीन दशमलव एक चार गुड़े दस घाते 8 ठीक ये है इनटू कितना है टू है माइनस के के वैल्यू कितनी है के वैल्यू है 1 दस मल जीरो चार एक्स है ठीक, ये, ये विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण होगा। अगर कोई पूछा इसकी दिशा किधर है तो आप क्या बताएंगे इसकी दिशा होती है जो इसकी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होती है पेरे बच्चो वो आप क्या बताएंगे आई बता दीजिएगा ठीक क्योंकि एक्स के एक्स अच्छे अंग दिशा अब अब आपका क्या है चुंबकीय क्षेत्र की लिए किसके लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए, लिए समीकरण अगर हम चर्चा करें चुंबकीय क्षेत्र के लिए जो समीकरण होता है वह है B इक्वल टू बी नॉट बी नॉट की वैल्यू आपने निकाला अभी चालीस गुड़े दस घाते दस घाते माइनस आठ चालीस गुड़े दस घाते माइनस आठ फिर उसके बाद क्या होता है फिर उसके बाद है आपका साइन omega t तो साइन omega omega की वैल्यू आपकी है ओमेगा, उमेगा की वैल्यू आपने निकाला तीन दसमलव एक चार गुड़ित दस घाते कितना प्यार बच्चों, प्यारू टी है फिर, फिर माइनस के, के वैल्यू एक दसमलव जीरो चार एक्स ये रहा आपका चुंबकीय क्षेत्र के लिए रहा ये रहा आपका विद्युत क्षेत्र के लिए समीकरण, के आप इसको नोट कर सकते हैं यह भी प्रश्न आपका प्यार बच्चों एग्जाम में पूछा गया है एक समतल वैद्युत चुंबकी तरंग में अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता तीन गुड़े दस घाते माइनस चार अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता अर्थात बी नॉट की वैल्यू दी गई है कितना दी गई है प्यारे बच्चों बी नॉट की वैल्यू कितनी दी गई है बी नॉट की वैल्यू है तीन गुड़े दस टेस्ला ये टी की अब बी की वैल्यू है वैद्युत क्षेत्र की अधिकतम तीव्रता मतलब E नॉट आपको फाइंड आउट करना है साथ में वैद्युत क्षेत्र के संगत औसत ऊर्जा का घनत औसत ऊर्जा का घनत ज्ञात करना है औसत ऊर्जा का, का जो है आपको घनत यहाँ पर ज्ञात करना है तो आइए हम ज्ञात करते हैं प्यारे बच्चों औसत ऊर्जा का घनत तो सबसे पहले अगर हम औसत ऊर्जा का घनत्व हमको ज्ञात करना है तो मुझे पहले ये जो चीज दी है वो ज्ञात करना वो नहीं किए होते ज्ञात करने के लिए तो भी मुझे ज्ञात करना पड़ता तो चलिए सबसे पहले अगर हम वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान ज्ञात कर लेते हैं वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान तो अगर हम वैद्युत क्षेत्र का शिखर मान की बात करें तो शिगर e ई नॉट इक्वल टू हो जाएगा बी नॉट c अब b अब की वैल्यू आपके पास है तीन गुड़े दस घाते माइनस चार सी की वैल्यू है तीन गुड़े दस घाते आठ तीन तरीका नौ आठ में से चार माइनस कर देंगे तो दस घाते चार आ जाएगा आ जाएगा न्यूटन प्रतिकूला ये भैया e नॉट की वैल्यू आ जाएगी ये चीज आपकी e नॉट हो गई क्या इतनी बात क्लियर हुई ये ई नॉट है अब आपको औसत ऊर्जा घनत्व तो चाहिए क्या चाहिए औसत ऊर्जा घनत् आइए हम उसी की चर्चा करते हैं औसत ऊर्जा घनत्व अब हम औसत ऊर्जा घनत्व की चर्चा करते हैं जिसे हम यू नॉट से व्यक्त करते हैं होता है एक बटे दो एक्साल स्क्वायर होता है ई स्क्तर अब आपको e की वैल्यू e तो नहीं पता है परंतु हम e को बदल सकते हैं प्यारे बच्चों e को बदला जा सकता है एक बटे दो एपसाल हम जानते हैं e इक्वल टू होता है अपार टू। और ये फार्मूला हम कहा से ले रहे हैं i इक्वल टू आई नॉट अपान अंडर उड़े थे ना वहीं से अब बताओ यहां आ जाएगा ई बटे अंडर उलिये वैल्यू रखें सबकी एक बटे नॉट की वैल्यू होती है आठ दशमलव आठ पांच गुड़े दस घाते माइनस सत्रह फिर ई नॉट ई नॉट की वैल्यू ये है नौ गुड़े दस घाते चार का होल स्क्वायर फिर अंडरवुड टू कवर करेंगे प्यारे बच्चों केवल आ जाएगा अब इन्हीं को हल करना आइए थोड़ा सा कैलकुलेटर की मदद लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर आपका जो दस घाते सत्रह होना चाहिए था दस घाते कितना होगा बारह होगा चलिए अब हम इनको हल करते हैं इनको हल करते हैं आइए देखते हैं तो एक क्या आ जाएगा दो दुना चार एक बटे चार होगा आठ दशमलव आठ पांच ठीक आठ दशमलव आठ पांच गुड़े नौ का वर्क करेंगे तो इक्यासी आ जाएगा फिर चार का वर्क करेंगे आठ चार दुनी आठ तो दस घाते आठ गुड़े दस घाते माइनस बारह आई बारह में से आठ घटा देंगे तो चार आ जाएगा प्यार बच्चों फिर उसके बाद अब इन्हीं को हल करते हैं तो लगभग आप जब इनको हल करोगे सारा चीज हल करोगे तो हल करके तो हमने पहले से रखा होगा प्यार बच्चों देखते हैं तो वो इनको जब आप हल करोगे तो आएगा एक दसमलव इन्हें आप हल करोगे तो एक जूल जूल प्रति प्रति मीटर मीटर पावर पावर गुणे घाते ये आपका आंसर आने वाला है बच्चों प्रश्न नंबर चार का तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा फिर हम आगे की क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं अगला प्रश्न है एक इंगेस्ट्रॉन और पांच इंगेस्ट्रॉन तरंग दैर्घ की एक्स किरणों की भुजाओं का अनुपात क्या करना है, करना है। क्या ज्ञात करना है अनुपात ज्ञात करना है जो कि प्यारे बच्चों भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा गया है इस बात को ध्यान दीजिएगा चलिए गाइस प्रश्न नंबर पांच की बात करते हैं आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ होगा हमने सवाल भी पढ़ा है क्या है अब ध्यान दीजिए आपने ये एक फॉर्मूला पढ़ा था आर इक्वल टू तो हम इस फॉर्मूले से ये कह सकते हैं कि R प्रोपोर्शनल है वन बटे लिखना चाहे तो E प्रोपोर्शनल है यानी ये वाला जो सूत्र है भैया ये सूत्र इस प्रश्न के लिए काम करने वाला चलिए अब हम बात करते जरा सा अब वो पहला और पांचवे की बात कर रहे हैं पहले और पांचवे के प्रश्न में तो यानी अगर हम बात करें e1 का e1 प्रपोशनल हो जाएगा 1 बटे लेमडा वन, वन समीकरण नंबर एक अगर पांचवे की बात करें e5 फाइव इक्वल टू प्रपोशनल हो जाएगा 1 अपान लेमडा फाइव समीकरण नंबर दो अब हम करते क्या है अगर समीकरण एक बटे क्या कर दे समीकरण दो कर दे तो भैया e1 अपान क्या हो जाएगा e5 ऊपर चला जाएगा तो E1 E5 इसकी बटेस्ट्रॉन इंगेस्ट्रॉन से कैंसिल हो जाएगा जो अनुपात आएगा वो आ जाएगा अर्थात वन अनुपातेवल टू पांच अनुपाते ये रहा आपका जो प्रश्न का जवाब प्रश्न नंबर पांच अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर छह की प्रश्न नंबर छह क्या कर रहा है एक कुलिज नलिका में कैथोड़ एवं लक्ष्य के, के बीच विभवांतर दो दशमलव सॉरी चौबीस दशमलव आठ किलो वाट यानी जो अगले प्रश्न का बात करने वाले हैं छह नंबर का वो है विभवांतर V टू चौबीस दशमलव आठ किलो वाट तो किलो तो को हटा दें तो चौबीस दशमलव आठ गुड़ी दस घाती तीन वाट हो जाएगा ठीक अब आगे क्या करना रहा उत्सर्जित एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग की गणना करना है उत्सर्जित एक्स किरणों की न्यूनतम तरंग यानी लैम्डा मिनिमम ज्ञात करना है तो प्यारे बच्चों हम लैम्डा मिनिमम आराम से ज्ञात कर सकते हैं चलिए ज्ञात करें तो लैम्डा मिनिमम यानी एक्स किरणों की निम्नतम तरंग दैग एक्स किरणों की निम्नतम तरंग दैग तो न्यूनतम तरंगदैग की बात करें अर्थात लैम्डा मिनिमम इक्वल टू होगा एच सी ईवी ठीक अब h की वैल्यू प्लांक नियतांक होता है हाँ इलेक्ट्रॉन बोल्ट होगा स्मॉल ई स्मॉल ई की वैल्यू और e e यानी यहां इलेक्ट्रॉन गुड़े होगा घाते e उन्नीस e की वैल्यू है चौबीस दशमलव आठ गुड़े दस घाते तीन चलिए अब कुछ कैंसिल कराते हैं प्यारे बच्चों उन्नीस से ये कट जाएगा तो यहाँ माइ पंद्रह बचेगा कितना बचेगा माइनस पंद्रह और ये तीन से कट जाएंगे तो यहाँ पांच बचेगी क्या इतनी बात आपको क्लियर हो रही होगी बच्चों देखते छह दसमलव छह दो गुड़ित तीन बचा है यहाँ पंद्रह पंद्रह में से पांच घटा दिए दस आ जाएगा दस गाते दस. अब नीचे बचा, एक चार चार बचा है एक अब इन्हीं को हल करना इनका तीन से गुड़ा कर दीजिए तीन दूनी छह फिर तीन छके अठारह तीन छके अठारह उन्नीस उन्नीस दशमलव आठ इनका इनसे गुणा कर देते हैं बच्चों गुड़ा करके भागोग देते दे हैं दे दे। गुड़ा करेंगे तो उनतालीस दशमलव छ आठ आएगा ठीक है बच्चों, गुणे दस घाते माइनस दस अभिन को भाग देना है उन्नीस दसमलव आठ छह भागे उनतालीस दसमलव छह आठ तो भाग देंगे तो लगभग जीरो दशमलव पांच जीरो जीरो पांच आता जाएगा गुणे दस घाते माइनस दस अब हम पॉइंट के एक अंक उधर कर लें, एक अंक उधर लेके जाएंगे प्यारे बच्चों तो जब हम एक अंक उधर ले जाएंगे तो पांच दशमलव जीरो जीरो पांच आएगा गुड़ी दस घाते माइनस ग्यारह तरंग ठीक प्यारे बच्चों ये लैम्डा मिनिमम की वैल्यू आ गई इस प्रकार आपका छठा प्रश्न सॉल्व होने वाला है प्यारे बच्चों सातवा प्रश्न आपको स्क्रीन पेज पे दिखाई पड़ रहा होगा आई एम सातवें की बात करते हैं आखिर क्या कह रहा एक परिवर्तनीय एसी आवृत्ति संधारित में लगाई गई है आवृत्ति बदलने पर विस्थापन धारा कैसे बदलती है आवृत्ति बदलने पर आवृत्ति बदलने पर धारा कैसे घटती है और कैसे बढ़ती यही आपको बताना है तो प्यारे बच्चों आपने एक फार्मूला पढ़ा था एक्स इक्वल टू वन अपान टू पाई एफ सी अगर हम यहां से बात करें तो एक्सी वेत कुमान होगा आवृत्ति के क्या आप ये चीज समझ पा रहे हैं यानी एक्ससी एक्स सी होता है धारिता के कारण उत्पन्न होने वाले प्रतिरोध ये जो है आवृत्ति के वेत होता है मतलब आवृत्ति बढ़ेगा करोगे क्या आप बात समझ पा रहे हैं बढ़ाओगे तो एक्सी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा इस बात को समझिएगा और अगर इसका उल्टा एक्ससी बढ़ाओगे तो आवृत्ति घट जाएगी इस बात को समझिएगा और जो धारा होती है जो धारा होती है आई वो प्रोपोर्शनल होती है वन बटे के यानी प्यारे बच्चों यक्ष बढ़ेगा तो धारा घट जाएगा और धारा अगर कम होगी तो धारा बढ़ जाएगी तो यही चीज आपसे शायद पूछ भी रहा था प्यारे बच्चों यही पूछ रहा था यानी जैसे जैसे प्यारे बच्चों जब आप कहोगे ये आपने कहा से पाया तो ये वाला फॉर्मूला आई इक्वल टू बी बटे आर आई प्रशनल होता एक बटे आर अब आर भी प्रतिरोध है और ज्यो सी तो की वैल्यू कम रहेगी त्यों धारा की वैल्यू ज्यादा रहेगी अब चाहे वो आपका जो भी धारा हो और जैसे ही धारा की एक इसकी वैल्यू ज्यादा होगी वो वैल्यू क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो प्यार बच्चों इन्हीं सवाल के साथ आज जिस टॉपिक धारा पे जो आधारित सवाल थे वो होते हैं बच्चों वीडियो थोड़ा सा छोटा होगा प्यारे बच्चों परंतु आपके लिए एकदम जानदार और जबरदस्त है तो आप वीडियो देखिए इंजॉय कीजिए और दोस्तों के साथ मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत थैंक यू ऑल डेयर स्टूडेंट